सिर दर्द का उपचार विशेषज्ञों के अनुसार केले के छिलके को पीसकर उसका पेस्ट दर्द के स्थान पर पंद्रह मिनट तक लगाए रखने से सिर दर्द दूर होता है सिर का दर्द खून की धमनियों में पैदा होने वाले तनाव के कारण होता है और केले के छिलके में मौजूद मैग्नीशियम धमनियों में जाकर सिर के दर्द को रोकने में सहायक सिद्ध होता है ऐसे और भी कई आयुर्वेद में बताए गए एवं माने हुए रोजमर्रा जीवन में काम आने वाले कारगर नुस्खों का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद का लाभ लेते रहें धन्यवाद